हाई मैं प्रकाश सर आज आपके यहाँ कमेंट सेक्शन में जो अलग अलग आपने ऑनलाइन क्लासेज में अलग अलग जो सवाल पूछे हो कि सर्फ काटने से आदमी कैसे मर जाता है क्या सभी सर्फ काटने से आदमी मर जाते हैं या झाड़ फूँक से क्या सर्फ का विख खत्म हो जाता है विख मतलब विष जहर खत्म हो जाता है आप लोगों ने इस तरह से बहुत सारे सवाल किए तो चलिए आपके सवालों के साथ हम आज हैं तो जाते हैं जो आपने पूछा है सर्फ के बारे में तो सर्फ को अंग्रेज़ी में स्नैक कहते हैं सर्प को अस्क कहते हैं तो देखिए सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है जो सर्फ के बारे में फिल्मों से सीरियलों से या कहानी के किताबों से अलग अलग तरह के तथ्यों को रखते हैं जिसका कोई आधार नहीं है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है और जब आप लोग तर्क कहते हो कि क्या झाड़ने फूकने से सब का भी खुक उतर सकता है इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज साइंटिफिकली आपको प्रमाण मिलेगा कि किस तरह से आप सर्पों से किस तरह के सर्पों से भी खाता है जहर आता है और किस तरह के सर्पों से जहर नहीं आता है और यदि साप जहरीला सांप काट भी लिया तो हम कैसे बच सकते हैं तो हम साधारण से शब्दों में बताना चाहूँगा ये ज़्यादा लम्बा भी टॉपिक नहीं खींचूँगा सबसे पहले आप सर्फ का इंट्रोडक्शन जान लीजिए ये दुनिया में सर्प की लगभग तीन जातियाँ पाई जाती दुनिया में, लगभग, हजार में के लगभग तीन हज़ार जातियाँ पाई जाती जबकि इसमें से 350 के लगभग जातियाँ भारत में पाई जाती ये मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड में और ये बता रहा हूँ इंडिया में तो इंडिया में इसमें साढ़े तीन जातियाँ पाई जाती है अब तीन हज़ार जातियों में से सब के सब जहरीला नहीं होता अब बस यहीं पर सबसे ये जो झाड़ फूक वाला है ना तो सब यहीं पर है कि झाड़ करने से कैसे सर्प का बिख उतर जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर यहीं पर है देखिए इसमें से केवल 600 जातियों के जो सर्प है ना यही जहरीले होते हैं और भारत में बावन पचपन सर्प क्या है जहरीले सर्प हैं जहर वाले जहर वाले हैं अब तो समझ गए होंगे कि इसमें से काटेगा तो फिर झाड़ फूंक कम नहीं करेगा लेकिन इसको घटा दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली तीन सौ सौ का जाते तो ऐसा है जिसमें जड़ होता ही नहीं है काटेगा तो कुछ नहीं होगा अब यदि इसमें से काट लिया तो फिर बचाने वाला नहीं है दवाई कलाबे कोई अब्दुल्ला पीर फकीर आपको बचाने वाला नहीं है या कोई जो तंत्रिक उन्त्रिक कहते हैं ये कोई बचाने वाला नहीं है यदि जहरीला सब काटेगा तो आप दवाई से ही बच सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर ही बच सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते डब्ल्यू एच ओ के अनुसार या अलग अलग देशों में सबसे विशेष प्रकार की दवाइयां भी बनाई जाती है अलग अलग प्रकार के अलग अलग रोगों की दवाइयां बनती है तो इसमें से 3000 में से 200 सौ तो जातियाँ ऐसे हैं 200 सौ ऐसे हैं जिससे क्या होता है मेडिकल में मेडिकल उपयोगी भी चलिए मैं इसके और दूर नहीं जाऊँगा अब आते हैं ये आंकड़ा लेते हैं कि पूरे दुनिया में प्रति वर्ष कितने आदमी सर्प से प्रभावित होते हैं या उसमें से कितने मरते हैं तो देखिए एक आंकड़ा है कि दुनिया में प्रतिवर्ष चौवन लाख ये आंकड़ा छोटा बड़ा आंकड़ा नहीं है चौवन लाख प्रति वर्ष चौवन लाख क्या होता है प्रतिवर्ष लोगों को क्या करता है सर्प काटता है सर्प से प्रभावित होते हैं यानी उन्हें सौंप काट रहे हैं अब इसमें से मरने वालों की जो संख्या है वो एक आंकड़े के मुताबिक इक्कासी हज़ार से लेकर एक लाख अड़तीस हजार तक है। एक लाख अड़तीस हज़ार मौत प्रति वर्ष होती है तो आप यहाँ पे आंकड़ा निकाल सकते हैं कि चौवन लाख और यहाँ पे मरने वाले की संख्या एवरेज निकाली एक लाख तो कितना परसेंट वो आप जोड़ सकते हैं तो बहुत मरने वाले जितना सर्पदंड है उससे मरने वालों की संख्या उससे बहुत ही कम है जबकि भारत में इस आंकड़े की बात करते हैं तो दुनिया में जितने सर्पदंड के मामले मिलते हैं उसमें से लगभग 50 परसेंट या कहिए उससे अधिक यानी अट्ठाईस लाख प्रति वर्ष भारत में सर्पदंड के मामले मिलते हैं दुनिया में चौवन लाख और भारत में अट्ठाइस लाख और मरने वालों की भी भारत में संख्या कितनी है छियालीस से लेकर सैतालीस छियालीस से लेकर सैतालीस ले के लगभग क्या है प्रति वर्ष मौत होती है मौत प्रतिवर्ष तो ये तो हो गया पूरे आंकड़े के बारे में जो कि अलग अलग फॉर्म से आंकड़े ये जारी किए जाते हैं इस आंकड़े के बारे में हो रहे तो आप देखिए यहाँ पर अट्ठाईस लाख में मरने वाले की संख्या कितना आप अनुमान निकालिए कि कितना कम संख्या में जितना काटता उसके तुलना में बहुत कम संख्या में मरते हैं अब आते हम बात करते हैं कि सौंप में जो जहरीला है उसमें से मुख्य जहरीला सौंप कौन है तो देखिए दुनिया में जैसे हम बात करते हैं इनलैंड टाइफेन उसके बाद होता है कॉस्टल टाइफेन उसके बाद है सौ एस्केल्ड भाइपर और उसके बाद है टाइगर स्नैक उसके बाद आप आइए ब्लैक ब्लैक मेम्बा उसके बाद आइए किंग कोबरा किंग कोबरा किंग कोबरा ये सब जो है दुनिया में अधिक जहरीले शौंपों की सूची में आते हैं ये दुनिया में क्या है टॉप जो जहरीले शौंप है उसके सूची में आते हैं कुछ नाम है इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं लेकिन भारत में जो जहरीले शौपों की सूची में टॉप में आते उसमें मुख्य रूप से क्या है कोमन करैथ करइथ देखिए ये खास करके घर में मतलब छप्पर ऊपर में अभी अभी भी भारत बहुत सारे छप्पर छप्पड़ी घर है उसमें भी रहता है ये मतलब जहाँ पे आदमी पाया जाता है ना आबादी उस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है और ये जो बाइटिंग का आंकड़ा है इसका सर्वाधिक बड़ा योगदान है करेंट का उसके बाद है रसल्स ये पोस्टॉप है रसल्स भाईपर हो गया है भारत में उसके बाद इंडियन देखो नाम से स्पष्ट है स्केल्ड भाईपर हो गया उसके बाद इंडियन इंडियन कोबरा कह है सकते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आता है नाजा नाजा ये चीज यहाँ ध्यान रखने वाला है कि शौप अधिकांशता बिल बना के रहते बिलों में रहते हैं भारत में क्षेत्र में पाए जाने वाले सब क्या है कॉमन करे बाद बाकी जो शौप है वो क्या होता है आदमी से दूर ही रहना पसंद करता है लेकिन ये जो कोबरा है कोबरा ये पहला एहसास शर्फ है जो कि वेल बढ़िया घोसला बना के रखता है ये घोसला बना के रखता है और ससुराल बहुत खतरनाक है ये दूसरे शौंप को भी खा जाता निगल जाता है पूरे निकल जाएगा आप जानते हैं कि ये चबाता नहीं है ये निकल जाता है ये दूसरे शौंप को भी तो इसी तरह और भी सा, बहुत सारे शौप है जिसको आप पिक्चर उच्चर में देखते हैं कि पूरे आदमी को वगैरह खा जाता है तो देखो वो कुल एनिमेटेड है उस तरह का कुछ पाया नहीं जाता है हाँ धाम कुछ उसको क्या बोलते खूब भारी भर सर्फ होता है उसमें धामन तो दूध भी मतलब पीने में सक्षम होता है मिल पीने में लेकिन सर्प सर्प दूध नहीं पीता वो जो नागपंचमी में आप देखते हैं कटोरा में ले दूध और मू सब जगह वो धन वाला लावा रख देते हैं तो कोई सर्प पीने के लिए नहीं आता है तो अब बात करते हैं आखिर का सर्प काटेगा तो क्या करेंगे मान लेते हैं कि इसमें से केवल बावन पचपन गो जहरीला सर्फ है और इसमें से भी आबादी के क्षेत्र में जनरली तो जंगल में और वो समुद्र उमिर में पाए जाते समुद्री सर्फ है तो 10 से 12 ही सर्फ है जो आबादी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहरीला जो काटते हैं तो मौत हो सकती है या मौत होती भी है तो देखिए आखिर सर्फ बाइट से लोग मरता कैसे है देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि सांप काटेगा तो आप तुरंत मर जाइएगा सांप काटेगा तो उससे हमारे से जो जहर आता है वो जहर वास्तव में वो क्या है प्रोटीन है. वो ऐसा प्रोटीन है जिसे जहर कह रहे सर्पदस्त से जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या करता है जब ब्लड में जाता है तो ब्लड को जगह जगह से फाड़ना शुरू करता है थक्का बन जाता है जैसे दूध में क्या करते हो नींबू गाड़ देते हो थक्का बनता है अब थक्का बनता है तो क्या होता है सर्कुलेशन ब्लड का होना बंद हो जाता है और बंद हो जाएगा तो क्या होगा पूरे परिवहन सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन जाना कार्बन डाइऑक्साइड निका शरीर से बाहर निकालना ये सारा जो सिस्टम है वो किससे पड़ता है इस सर्कुलेशन से डिपेंड करता है और सर्कुलेशन सिस्टम ब्रेक हो जाता है तो आदमी मरता है अब देखिए इसमें बहुत बड़ा फैक्टर आपके डर का भी है कई बार ऐसा पाया जाता है कि सर्प काटा इंसान को लेकिन वो जहर के कारण नहीं मरा वो क्या डर के कारण किसी को हार्ट अटैक हो रहा है उससे मौत हो रही है यानी सर्प का जो जहर है उससे मरने के पहले आप डर से मर जाते हो ऐसे भी कहा जाता है ना कि जो डर गया वो समझो मर गया और हमारा दिमाग भी एक वैसा ही करता है जैसे आप सोचते हो कोई भी जहर का कोई भी सर्प काटेगा ना तो अबाउट आप खूब जहरीला सर्प है यदि सब का एवरेज निकालेगा तो भी आप बिना दवाई का भी न, एक डेढ़ घंटा जिंदा रह सकते हैं एक डेढ़ घंटा जिंदा रहिएगा लेकिन बस बस सरते दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हमको सर्प काट लिया अब हम मरने वाले हैं या अब हम मर गए मतलब जीते जब तक हमारा चेतना सुने तो उससे पहले सोच लेते हैं हम मर गए ठीक आखिर बचना कैसे है? इम्पोर्टेंट ये है तो सबसे पहला कि सर्प काटे तो जहर तो फाइलेगा यदि वो जहरीला सर्फ है ये अलग वीडियो में बना देंगे कैसे पहचानेंगे कि सर जहरीला सर्फ काटा है कि नहीं काटा है लेकिन सर्प काटे तो आप थोड़ा सा कैंसर दिमाग में डर नहीं आने दे आप ये हिम्मत रखिए कि हम बचेंगे आप क्या कीजिए सपोज कि हाथ में यहाँ काट लिया या पैर में काट लिया बहुत आसान कॉमन जगह यही है जहाँ पर सर्फ काटता है पेट में चर् थोड़े काटता सोए हुए रहेंगे तब ना मुख्य रूप से पैर में हाथ में काटता है काटे ना तो आप हाँ क्या कीजिए उसके ऊपर जहाँ पे आपको काटा वहाँ पे ज्यादा बुझाएगा तो ऊपर में कस के बांध दीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से ब्लड ज्यादा ऊपर नहीं जाए आप देखिए खून बहेगा आप पौिएगा तो वहाँ दो को छेद छेद नज़र आएगा आप देखिए कहा जाता है और कई बार किया भी जाता है कुछ ब्लेड से चिर के ब्लड निकाल दीजिए चूसी ने चूस के ब्लड निकालने का जो एक तरीका है वो तरीका हम जाने आपको नहीं देंगे क्योंकि उससे यदि जहरीला सर पर यदि थोड़ा भी घुटा गया तो जो निकाला है उसी में भी जड़ फैलने का चांसेज होंगे तो आप क्या कीजिए बांध दीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए निडिल ले आइए ये जो सुई जिससे देते इंजेक्शन वाला जो देते हैं उसको ले आइए और निडिल कहते हैं पूरे सिरिंज ले आइए सिरिंज लाइएगा तो सिरिंज में क्या कीजिएगा ये देखिए ये सिरिंज का पेटर्न और इसमें आगे निडिल लगाते हैं तो ये पतले जो निडिल जो लोहा वाला लगाते हैं जिससे कि घुसा के ब्लड निकालते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं उस उसका ज्यादा उपयोग नहीं है आपको क्या करना है आपको केवल वो निकाल के इस भाग को इस भाग को क्या करना ये मोटा भाग होता है जहाँ पे देखिए काटा है जहाँ काटेगा तो यहाँ छेद मगते होगा इसके ऊपर लगा दिए इधर तो दाबे हुए ब्लड सर्कुलेशन ब्लड यहाँ ज्यादा प्रेशर पर है अब तो आप क्या कीजिए उस छेद में खूब बढ़िया सटा के ऊपर की ओर खींचिए उससे ब्लड निकलेगा काटने में भी डर लगेगा ब्लेड से चीर नहीं सकते इससे तो इतना यदि जहरीला सौ पे इतना दर्द करेगा कि ब्लेड काटने का पता ही नहीं चलेगा काट सकते आराम से लेकिन फिर भी डर लगेगा तो क्या कीजिए पकड़ के यही सिरिंज लाइए और इससे इसको सटा के और खूब जोर से खींचिए तीन दो चार बार खींच लीजिए ब्लेट को और यहाँ रहिए और चल जाइए सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल भी जाने की जरूरत नहीं है सरकारी अस्पताल जो नज़दीक में वहाँ चले जाइए क्योंकि प्राइवेट में जाइएगा समझे नहीं करते कि जितना डर के जाइएगा ये जो डॉक्टर डॉक्टर के साथ साथ ही लुटेरा भी कुछ लुटेरा भी वहाँ पर है इसको माइंड सब कोई नहीं कीजिएगा लेकिन अधिकांश अधिकांत लुटेरा भी है आप जितना डर के जाइएगा डॉक्टर के पास उतना ज्यादा दवाई लिखेगा उतना ज्यादा वो समस्या बताएगा नॉर्मल जाइए लेके जाइए और उसे बताए सॉप काटा और वो कुछ नहीं करेगा एक जो दवाई देगा सरकारी अस्पताल में इजिली एवेलेबल होता है उसे एंटीभेनम वो है एंटी भेनम इंजेक्शन देगा एंटी एंटीभेनम इंजेक्शन देगा आपको बता दें कि ये जो इंजेक्शन है ना प्राइवेट अस्पताल में मिल जाएगा दवाई यदि दु, कोई दुकान बढ़िया दवाई दुकान है वो रखता है लेकिन डॉक्टर के देख रेख में लीजिएगा जहर नहीं फैला और तब एंटीभेनम ले लिए तो वो एगो समस्या वो एगो लोचा तो अब देखिए यहाँ पर एंटीवेनम इसका दवाई का इस कीमत एक से दो सौ रुपया प्रतिफाइल पड़ता है एक सौ दो सौ रुपया आप डेरा आ जाइएगा डॉक्टर के साथ फिस बात होकर अलग होगा फिर अलग पोनियों केगा चरा यो करो वह करो ऐसे करो तो इतना आराम सरकारी अस्पताल में जाइए वो देख लेगा जहर आप देखे करते सरकारी अस्पताल में टेक्निक क्या बाहर जाइए तो पहले ये जांच वोच आँच हो जाइए तो खाली छूछा लिया और छूने छाने के बाद आपको दवाई देता आप ठीक हो जाता यदि जहर फैला है वो जान जाएगा तो आपको ये इंजेक्शन देगा और आप भला चंगा हो जाइएगा अब आते हैं आपने कहा कि झाड़ने उन्हें छूट जाएगा अरे वो गधा को कौन समझाए अरे झाड़ने उड़ने से कभी झाड़ने उतरने वाला होता क्या है कि ये जो आठ को दस को वैरायटी का जो सर्फ है ना इससे पाला झाड़ फूक नहीं पड़ता और जब इससे पाला पड़ जाता है तो कहता है तो बड़ा लेट नहीं कर दे अबे तोड़ा घंटा पहले आवे चाहिए अब काटा है दस मिनट पहले और वो कह गया तो एक घंटा पहले तो थोड़ा बचा लेती और झाड़ फूँक से कि अब इस्पेशली उसको पहले कटवा लेते हैं एक घंटा पहले सब कटवा के तब जाते क्या अब किसी को सब काटता है तो एक घंटा इंजार कर थोड़े जाता है झाड़े फूक वाला तगले बगल में रहता है तुरंत दौड़ कर अपसियन होते हुए जाता है कहता देखो देखो काट लगे झाड़ धो तो बात क्या है समझिए झाड़ क्या आप झाड़ में आपके दिमाग में सर्फ जब काटता तो एक डर बैठा हुआ रहता है वो डर आपके मौत का कारण है हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि इतने प्रजाति मगल बगल भी जो है वो दसे को पाँच गो प्रजाती है जो जहरीला है ये काट भी नहीं करता काटता कौन है जो जहरीला शौंप नहीं है जिसमें पॉइजन नहीं है ठीक जो जहरीला हमारे शरीर में जहर मतलब प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर पाता है कि ब्लड थक्का बन सके तो वो सौंप काट आप डर के कारण आप डरे हुए पसीना चल रहा है आपको लगता है सब काट लिया अब तो हम मरने वाले हैं जब आप झाड़ करने वाले के पास जाते हो ना पीर फकीर के पास या नहीं वो सब जिसको कोई कम नहीं मिलता वो हरियर का चादर तान के बैठल रहेगा हरियर का चादर तान देगा बैठल रहेगा भिख मंगवाते रहेगा वो हरियर का चादर को तो मैं उस बात पे नहीं जाता हूँ ये जो ये जादू टोना वाला जो गला में पहन का हैं कुछ भी नहीं होता गारंटी लो उससे कुछ नहीं होता कभी मत जाना जो नहीं मरने वाला रहेगा ना मार मार के तुमको मार देगा तो बिना जो जहर वाला सौंप होता है ना तो वो काटता है वो काटा तो आप में खाली डर है आप उनके पास गए तो आपको लगता है अच्छा ये बहुत बुरा तांत्रिक है तो क्या करेंगे झारेंगे तो जहर उतर जाएगा और वो पीट पीट के पिट पीट के पिट पीट के, के पता नहीं वो मंत्र पढ़ता है कि गरिया रहा है वह नहीं पता है वो पीट पीट के क्या करता है इतना नहीं करता है और कर तनी मनी यदि कुछ है तो और फैल जाता है और आप बच जाते लेकिन कई बार तो हुआ है ना कि तांत्रिकों देखो ना क्या पिक्चरों में दिखाए सौंप काट लिया वो दुनिया को बचा रहा है अपने काट लिया तो टयट फिश, ससुरे को यह काट लिया ठीक जखन तक इसमें से तीन सौ काटा था जो जहरीला नहीं था तखन तक तो खूब बनल बैठते थे पीर फकीर और तंत्रिक बनल मिलते थे तक हम सौंप का जहर उतार देंगे और जखन उनको ये काट लिया तो फिर वो डॉक्टर भी ना दौड़ते हैं वो डॉक्टर बिना दौड़ते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब बीस सौंप काटे ना थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा दूसरी बात सोना नहीं है सोना नहीं है यदि आँख बंद हो रहा है तो जगा के की यदि किसी को जहरीला सब बिखाटा, उसे सोने मत दीजिए का एक सोएगा तो कहाँ चल जाएगा ब्लड से होते हुए जहर मस्तिष्क में जाएगा और मस्तिष्क में जब चला गया हार्ट में जब चला गया ना तो सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित तो होगा और फिर तुरंत मर जाएगा अतः उसे सोने नहीं दीजिए खड़ा रखिए जहाँ पे काटा उसे बंद कर रखिए ब्लड यथासंभव जितना हो सके वहाँ से ब्लड को बाहर निकाल दीजिए और डॉक्टर के पास जाइए और बर्फ़ उर्फ है ना आजकल तो सबके घर में फ्री होता है तो बर्फ़ उर्फ है तो वहाँ पे रख दीजिए और डॉक्टर के पास जाइए एकदम बढ़िया से बच जाइएगा मरने का रेट देखो कितना कम है इससे ज्यादा तभी कोरोना जान ले रहा है ठीक है इसी के साथ फिर अगले बार हम आप लोग के सवालों के जब आपके साथ आएँगे तब तक के लिए धन्यवाद